इंटेक्स का है, हमारे पास मोबाइल है और ये जो है चालू हालत में है तो इसको हम आज दफनाएँगे मिट्टी के अंदर और फिर इसका हम देखेंगे कि हमारी जो नेचर है हमारे जो नेचर वो इसका क्या इफेक्ट करता है क्या हालत करता है इस मोबाइल की हम इसको ज़मीन में दफना देंगे और जब निकालेंगे तो वो होगा पूरे 100 सब्सक्राइबर के बाद हम इस जो फोन है इसको हम निकालेंगे और फिर देखते हैं इसके साथ क्या होता है तो इसको दफनाते हैं और आप वीडियो को लाइक कर और को जल्दी से जल्दी सो सब्सक्राइबर पूरे कर दो ताकि हम इस फोन को जल्द से जल्द निकाल सके तो देखते कब सो सब्सक्राइबर होते हैं और कब ये फोन निकलेगा तो इसको आप दफनाते हैं हमारे द्वारा वीडियो में जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट परपज के लिए होता है आप ऐसा कहीं ट्राई ना करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोदेंगे बुफ्टी और इसके बाद हम दबनाएंगे इसको तो हम इसको खोदते है इसके अंदर और फिर डालेंगे इस फोन को इस मिट्टी के अंदर तो इसको मैं अच्छी तरीके से खोद लू और गाइस नीचे से ना अभी गीली मिट्टी भी निकल चुकी है थोड़ी थोड़ी गिल्ली मिट्टी आना शुरू हो गया तो वैसे इसके अंदर से थोड़ी सी मिट्टी और निकाल लेते हैं और अब डालते इस फोन को इसके अंदर तो आप लोग देख सकते हो इस फ़ोन को मैं कुछ इस प्रकार से डालूंगा और अब इसको इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं और फिर इसको 100 तो सब्सक्राइबर के बाद निकालेंगे तो वैसे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द तो सब्सक्राइबर कर दो और हम हमारे फ़ोन को निकाल आप लोगों को दिखा सके किसका जो क्या हाल हुआ है इसके स्पीकर का क्या हाल हुआ है डिस्प्ले का क्या हाल हुआ है तो सब कुछ हम देखेंगे तो जल्ण से जल्ण उसके बाद मैं इस को, तो इसे इसके ऊपर मिट्टी डालते तो हमारा जो फोन है वो मिट्टी के अंदर जा चुका है और आप तब तक सब्सक्राइबर्स करवा दो सो so सब्सक्राइबर्स करवा दो